रोस्तम की आवाज़ में भाई राइटर भाई राइटर धमाका एक साली बड़ी दिलवाली वाली अपने दीजाते कह रही का ना डटे जीजा सामने कौमय इनामो पे ज्वानी ना डटे हो जीजा सामने कौमय इनामों पे ज्वानी न डे बोलो ड्राइवर मुड़नपुरा कहना है सबनम में क्या भूल खिले सबनम में क्या भूल खिले जब तक बरसात नहीं होती भैया, मैयाबनम में क्या भूल खिले जब तक बरसात नहीं होती तेरी यादों से क्या पेट भरे जब तक मुलाकात नहीं होती के बरत रहे पानी नई जवानी है मेरी नई जवानी है और गई रही तब तो मतुनी को न जीना मेरा दिल जड़ के हो जी जा सामन को माईना मुंह पे जुआ निना डर के कैमरामैन लालू चक्रवाल कु और हमारे भाई फोटो स्टूडियो और हमारे भाई भरत धाकड़ और कहा पूरा को कैम बदला गरज पूरा को कै बदला गरज मनो तरस के मोरा बदला गरज रही रही के प्रिया गमनो की yeah. रे में की पुआरे मेरे दिल ल के ओजी जाता मन को मोबे न आवाज में आयी कतिक प्यारिया गाय रो रुक मकरार रही गुरुदेव स्टूडियो की धूम चल रही डी डी कै चीजा सामने जानी डटे को इनाम पर ज्वानी ना डे जीजा सामने कमाय इनामो बेज्वानी ना डे जी जा सामने कमाय इनामो बेच्वानी ना डे जीजा सामने कमाय इनामो बे ज्वानी ना डे